सिवनी के एक मूर्तिकार ने माता के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाई है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है माता की यह मूर्ति सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है माता की बाल रूप मूर्ति सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा ग्राम में विराजित हुई है जहाँ बड़ी संख्या में भक्त माता के बाल रूप के दर्शन करने पहुँच रहे हैं माता के मुख से एक अलौकिक तेज झलक रहा है श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ माता की फोटो और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं हर जगह माता के इस रूप की चर्चा हो रही है लोग दूर दूर से दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं What starts here changes the The The world. world world of of opportunities. inspirations. We are LNCT Group, where every beginning बेस्ट रिजल्ट हाइएस्ट पैकेजेस एंड डिलीवरिंग देश मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सिटी the चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन